एक छोटा सा ट्रिब्यूट अपने गांव को जिसका शीर्षक है ये रोहिला हमारा गांव। एक बात तुम्हें बतलाता हूँ यहीं पर गांव दिखाता हूँ एक बात तुम्हें बतलाता हूँ यहीं पर गांव दिखाता हूँ मैं बैठा था एक रोज़ कहीं वा एक दूसरे को ना दोस्त कहीं तुम्हें तो एक कहानी सुनाता हूँ यहीं पर गाँव दिखाता हूँ हरे भरे पेड़ों की खुशबू यूँ ही पुकार लगाती है हरे भरे पेड़ों की खुशबू यहीं पुकार लगाती है उस मिट्टी को तुम याद रखो जो मिट्टी तुम्हें जन्माती है घर भी बहुत सुंदर हैं जो एक साथ मिले खड़े घर भी बहुत सुंदर हैं जो एक साथ मिले खड़े भाईचारा है वहाँ पर तभी तो हैं सब हरे भरे उन दीवारों पर चित्रकला उन दीवारों पर चित्रकला होली में लोगों का मित्रकला हमको कुछ सिखलाता है हमको कुछ बतलाता है गाँव से कितनी भी दूर रहो मगर गाँव हमें बुलाता है शहर के खेल महंगे होंगे शहर के खेल महंगे होंगे मगर गाँव हमें सिखाता है दोस्तों के साथ पहिया लेकर गलियों में दौड़ लगवाता है यार दोस्त जब मिलते हैं गेंद बल्ले पर अपना हाथ रखो गाँव के वो खेल याद रखो ऊसर टपन्न की बात रखो बहुदिया अभी भी याद है जिसमें हम नहाते थे घर में कितना भी पानी हो मगर हम नहाने वहीं जाते थे ताल में पत्थर फेंककर हम यह बात अजमाते थे किसका पत्थर कितनी देर तक नहीं डूबेगा यही होड़ लगाते थे मटरू की बर्फ भूल गए क्या जो भोंपा बजाकर लुभाते थे दौड़ दौड़ कर घर से बाहर हम सब बर्फ लेने चले आते थे वो सावन का महीना याद है जब पेड़ कड़ों पर झूले पड़ते थे शाम मुजरिया लेकर हम तालाब की ओर चल पड़ते थे याद हमें सभी होता है याद हमें सभी होता है हम भूलने का नाटक करते हैं पास रहकर भी हम दूर रहने का नाटक करते हैं ये रोहिला हमारा गांव है ये रोहिला हमारा गांव है चौधरी चरण सिंह महाराज की नाव है यादवों के लिए ही नहीं यादवों के लिए ही नहीं सभी जनजातियों के लिए छाँव है क्योंकि ये रोहिला हमारा गांव है ये रोहिला हमारा गांव। है